तो हेलो गाय स्वागत है मेरे YouTube फैमिली में तो गाय इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हो तो हमारे YouTube चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और आपको सिंपली क्या करना है क्रोम पे जाने के बाद क्रोम पे जाना है फिर आपको सर्च करना है यूट्यूब डॉट सर्च करने के बाद गूगल पर क्लिक कर देना गोह पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी लाइन क्लियर होने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आपको नजर आ जाए इस इंटरफेस को देखने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद, के बाद के आपको यहाँ पे डेस्कटॉप टॉप साइड पर क्लिक कर देना है ताकि ये पूरा कंप्यूटर के जैसे ओपन हो जाएगा ताकि आप इसमें अपना जो अकाउंट है उस पर क्लिक कर देना थोड़ी देर रुकना है आपको यानी ये पूरा कंप्यूटर जैसा लॉगिन हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ दिख रखा होगा तो यहाँ पर आपने जो अपना चैनल आपने जो बनाया है यूट्यूब चैनल के लिए ओवर चैनल पे चले जाना है चले जाने के बाद सिंपली आपका लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन होने के थोड़ी देर लग रही है तो हो गया लॉग तो लॉगिन होने के बाद आपको कस्टमाइज चैनल पे चले जाना है तो आपको यूट्यूब ग्रो करना है तो ये सब सिम्पली आपको करना पड़ेगा आपने नहीं किया तो अभी तक कर लेना बिल्कुल फ्री है अगर आप इस टिप्स को अपना बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल खोल दिया है तो बस हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब टू देना चैनल और ये हो रहा है तो आपको कस्टमाइज चैन पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ चैटर आपको नजर आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ आने के पे बैनर भी एडिट कर सकते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो आपको उसको लॉगिंग होने देना है कुछ देर बाद तो गैस ऐसा कुछ इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा तो आपको ये सिंपली कर देना था कस्टमर चैनल पे तो आपको पूरा चैनल इधर आ जाएगा यहाँ पे आने बाद आपको ब्रैंडिंग पर क्लिक करना है ब्रैंडिंग पर क्लिक करने के बाद आपका जो पिक्चर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर देखिए तो यहाँ पर चेंज करने के बाद तो उसके बाद आप आता है बैनर इमेज तो आप बैनर इमेज को कैसे एडिट करना है अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइपर देना बट चैनल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और यहाँ पे वीडियो वॉटरमार्क नीचे आपको देखने को मिल सकता है बिल्कुल भी प्र और उसके जरिए आपको वीडियो को ग्रो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में बताने वाला बेसिकली आपको क्या करना है इस सेटिंग पे क्लिक करना है ये सेटिंग नीचे दे रहे हो यहाँ पे मैं बता दूँ सेटिंग पे क्लिक कर दिया मैंने इसको ऐसा हो जाएगा सेटिंग पे क्लिक कर दिया यहाँ पे सेटिंग दे रखो चैनल पे जाना आपको सिंपली चैनल पे जाना है कुछ नहीं करना आपको पास तो सिंपली चैनल पे जाना है और गाँव से हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार आ रहे है तो सब्सक्राइब कर करें आप ऐसे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो टेक्स्ट डालने से ऐसा होता है कि आपका जो यूट्यूब चैनल फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा कौन सा भी सर्च करेंगे एडवांस सेटिंग में आपको चले जाना है ऐसा कुछ आपको कर देना है यहाँ पर अपने चैनल पर चले जाना सॉरी आइस अपलोड डिफॉल्ट में चला गया था मैं तो यहाँ अपने चैनल पे यहाँ पे चले जाना यहाँ पे चैनल पे एडवेंस सेटिंग भी हो जाएगी यहाँ पे पूरा आपको कर देना है तो क्लोज कर देना इसके बाद आपको ये पूरी सेटिंग कर देनी है यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस है अगर आप यूट्यूट चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर, तो कर देना चैनल को लाइक कर देना स्टो अगर पैसा आए तो लाइक कर देना तब तक के लिए बाय